मध्य प्रदेश की बेटी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर रही है साइकिल यात्रा कर रही मुस्कान का इस यात्रा से उद्देश्य है कि सभी महिलाएं जागरूक हों और समाज में अपनी अलग पहचान बनाएं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर की, की बेटी इन दिनों कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर रही है मुस्कान रघुवंशी महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस यात्रा पर निकली है मुस्कान की इस यात्रा की शुरुआत जम्मू कश्मीर के आर्मी कैंप से एक फरवरी को हुई थी यह यात्रा 4000 किलोमीटर की है और इसे मुस्कान 25 फरवरी तक पूरा करेंगी अलग अलग राज्यों से होती हुई मुस्कान भोपाल पहुंची भोपाल से कन्याकुमारी जाते समय मुस्कान ने कहा कि आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने घरों के अंदर ही हैं। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य सिर्फ यही है वह सभी महिलाओं को जागरूक कर सके मुस्कान रोजाना एक किलोमीटर साइकिल चलाती है वही इस दौरान मौसम की मार का भी सामना मुस्कान को करना पड़ता है हालांकि अपनी डाइट और अपनी रूटीन के आधार पर मुस्कान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की यात्रा पर निकली है तो कन्याकुमारी की मेरी जो यात्रा है वो एक फरवरी को से मैंने स्टार्ट किया हुआ था और यात्रा का एक ही मोटिव है एक यात्रा उन पर ही